जिसकी नैया संभाले कन्हैया उसको कोई ढि डरना भवन का एक उसकी ही मंजिल सही है जो पथ कहे प्रभु की डगर का